बनारस की शाम कर तुझ में, बन में बत तेरी बातें चटपट चाट सी है तेरी आखें गंगा घाट सी मैं घाट किनार हर सुबह सुबह जागो तुझ में तो बन जागो मैं शांत तुझम में भट तू बन जानार शांत तुझमे भट